हलो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा पाइप कहाँ पे लगा ठीक है थीके? तो सबसे पहले इनको खोल लेते हैं इसको खोल दिए इसको हमेशा लगा के ही रखें ठीक है क्योंकि कई बार यहाँ से पानी लीकेज करता है तो ये रोक के रखता है ये ठीक है ये वाला तो ये उस चीज़ के लिए दिया गया है दूसरी ये ये जो पाइप है यहाँ पे देखिए ड्राम से आता है ये ठीक है यहाँ से होके यहाँ ड्राम पे जाता है ये देखिए यह हमारा वॉशिंग पाइप है ब्लैक वाली सबसे पहले इसको खोल के दिखा देता हूँ इसको खोलिए अगर आप, आप ड्राम से उठा रहे हैं तो आपको ये वाली पाइप लगा के रखना है जी जो वाटर टैंक में कनेक्ट है ये वाली पाइप ठीक है इसको लगाना है यहाँ पे ये यह मेन है ये आउटर साइड है ठीक है इससे बाहर फेंकेगा इसे खींचेगा ठीक है दूसरी बात हमेशा याद रखिए जाली को साफ करिए ठीक है देख सकते हैं थोड़ा कचरा है इसको ऐसे साफ़ कर दीजिए देखिए साफ हो चुका है अब डाल दीजिए अब ये जो पाइप है यहाँ देख रहे हैं फुटवाल वाली पाइप है हमारे यहाँ खड्डे में गया हुआ है ठीक है ये पाइप को डालेंगे हम यहाँ पे यहाँ पे डालेंगे देखिए डालिए और ये कला देख सकते हैं इसको फूल कसना देखें थोड़ा भी जगह नहीं छोड़ना अगर थोड़ा भी गैप रहता है तो ये यार लेता है मतलब पानी कम उठेगा यार जा लेगा तो ठीक है इसको कस देना है दूसरी बात ये इसको भी कस देना है यहाँ पर ड्राम भरने के लिए इसको भी लगाना पड़ेगा चलिए इसको भी कस देते हैं फुल दोनों साइड दूसरी बात ये वाल की मैं सेटिंग बता देता हूँ अगर आप ये गोले में ले रहे हैं ठीक है ड्राम में ले रहे हैं तो इसको उस साइड रखना है अगर आप टैंक भरना है ठीक है ये वाटर टैंक है इसमें अगर आपको भरना है तो इसको इस साइड करना पड़ेगा इस साइड ठीक है आपको जैसे मशीन वॉश करते हैं ये वॉशिंग पाइप है तो भी इस साइड रखना पड़ता है ठीक है ये आउट आउटर साइड है बाहर की साइड आता है तो हमको अभी ड्राम में लेना है तो ये उस साइड रखेंगे ठीक है ड्राम में जाएगा तो सब कुछ हो गया ओके पाइप भी लगा दिए हैं ऑलमोस्ट आप चालू करना है सबसे पहली बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ हर नया ऑपरेटर हो चाहे नया हेल्पर हो कन्फ्यूज हो जाते हैं एक सी में कितना पानी लेना है कितना लीटर पानी आता है एक सी में दो सी में कितना लीटर आता है ठीक है तीन सी में कितना लीटर आता है और कन्फ्यूज हो जाते हैं अंदाजा से फिर भरते हैं वो लोग ठीक है तो आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में प्रॉपरली एक सी एम में कितना आता है दो सी में कितना लीटर पानी आता है ठीक है तो वीडियो पर बने रहे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चलिए आगे मैं बताता हूँ अभी वीडियो पे बने रहे हैं तक तो चलिए सबसे पहले मैं मशीन चालू करता हूँ चालू करने से पहले ये पार्किंग ब्रेक लगा दीजिए ठीक है कभी भी और ये स्टॉपर बार देख सकते हैं ये यहाँ पर यह नीचे होना चाहिए कई बार ऊपर लॉक हो जाता है उसको ध्यान रखिए और यहाँ हाथ लेफ्ट तो माइनस पे रहना चाहिए देख सकते हैं इधर ठीक है तो चलिए अब चालू करते हैं पॉइंट घुमा के तुरंत तो चालू नहीं करना है एक दो सेकंड रोकना है उसके बाद सेल मारना है ठीक है देख सकते हैं आ गया है अब जब भी चालू करो मशीन को ये जो लाइटें देख रहे हैं आपको ये लाइट चला जाना चाहिए बैटरी इंडिकेशन ये सब ऑयल का ठीक है देखिए मैं सेल चालू कर रहा हूँ अब चला जाएगा देखिए लाइटें चले गई खाली ये पार्किंग पार्किंग ब्रेक की लाइटें रह गई खाली और ये कौन सा गियर में है वो बता रहा है जियर वन में है ये गाड़ी ठीक है तो चलिए अपना सबसे पहले मीटर में बता देते हैं एक सी में कितना पानी लेते हैं सबसे पहले यहाँ स्किप करना है ठीक है ये हमारा उठा हुआ था इसको रिसेट करना है देखिए यहाँ पे रिसेट वेट ओके तो दोबारा ओके करेंगे रिसेट हो जाएगा सबसे पहले हमको सिलेट करना है ये दो सीम का सिलेट है देखिए दो सीम में तीन सौ साठ लीटर पानी है ठीक है इसको ध्यान रखिए आप एक मिनट में थोड़ा और बढ़ा कर देता हूँ देखा देता हूँ यहाँ एक नंबर पे आना है सिलेट वॉल्यूम, ठीक है यहाँ पे ओके करिए वॉल्यूम यहाँ दो एम्पू का सिलेट है हम, मैं एक पे करके दिखाता हूँ आपको एक दबाया ठीक है ओके फिर ओके करना है फिर बेक आ जाना है एक सी में देखिए एक सौ अस्सी लीटर आता है पानी ठीक है एक सी में एक सौ अस्सी में तीन आता है और तीन सी में पाँच सौ चालीस आता है अगर ऐसे ही चार सी का करोगे तो सात सौ साढ़े सात सौ ले सकते हैं आप ठीक है उससे सही माल बनता है ना ज़्यादा टाइट होता है ना ज़्यादा ढीला होता है बिल्कुल पर सही से बनता है माल मिक, मिक्स बढ़िया होता है अगर उससे आपको ढीला करना है तो आप ले सकते हैं एक्स्ट्रा ठीक है तो यही था वीडियो में तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तो चलिए सबसे पानी चालू करते हैं हम पानी चालू करके बता देते हैं आपको कैसे पानी लेना है ठीक है या हमने लीवर खींचा ठीक है अब कैसे लेटर देता है चल रहा है इसमें